छतरपुर में एक किसान की तकदीर उस समय खुल गई जब पूर्व क्रिकेटर बीबीएस लक्ष्मण ने किसान के लिए ट्वीट किया और छतरपुर प्रशासन से किसान की मदद करने को कहा लवकुश नगर में प्रतापनगर के चौहत्तर वर्षीय सीताराम राजपूत ने कमाल ही कर डाला दरअसल बुजुर्ग सीताराम ने 25 साल में बिना सरकारी मदद से तीन कुएं खोद डाले जिसमे उसने एक कुआ अकेले और दो कुएं परिवार के दो अन्य सदस्यों के माध्यम से जमीन खोद पानी निकाल दिया और जब इसकी जानकारी क्रिकेटर वी, वी लक्ष्मण को लगी तो उन्होंने ट्वीट कर छतरपुर प्रशासन से सीताराम राजपूत की मदद करने को कहा ट्वीट पढ़कर प्रशासन चौकस हुआ और कृषि विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे जिसके बाद किसान को कृषि योजना का लाभ दिया गया वहीं तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कर अविवाहित सीताराम का नाम बीपीएल योजना में जोड़ दिया और तहसीलदार ने उसे और भी शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है सीताराम जी पटेल उनके द्वारा अपनी ज़मीन में दो कुआ खोदे गए हैं स्वयं की मेहनत से किसी का सहयोग नहीं लिया है अकेले दम पर उनके द्वारा दो कुआँ का निर्माण किया गया है जिसमें उन्होंने अपने खेत में पानी की समस्या को देखते हुए यह कार्य किया है जो बहुत सराहनी ही सराहनीय है इस संबंध में उनको हमने अपनी तहसील की तरफ से कुछ मदद करने का प्रयास किया जिसमें बी बना दिया गया है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है जो व्यक्ति अन्य और इनका समग्र आईडी में जो नाम था अपने भतीजों के साथ जुड़ा हुआ था इनकी समग्र आईडी भी अलग करवा दी गई है ताकि इनको जो भी लाभ शासन की योजना का मिल सके कृषि विभाग की तरफ से ही इनको स्प्रिंकलर और इसी ड्रिल का कुछ जो योजना का लाभ है वो भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने आगे भविष्य में कुछ कर सकें वो खबरें जो आपके काम की हैं वो खबरें